हाय फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप सब अच्छे ही होंगे लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो डाली थी लेजर मास्टर से कि डाली थी अब मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं आइटम मास्टर की वीडियो आइए स्टार्ट करते हैं ये मेरा सॉफ्टवेयर नीचे मैंने ऑलरेडी खोल के छोड़ रखा था जैसे मैंने पहले वीडियो छोड़ रखा था जिससे कि टाइम आगे का लगे ना और मैं टाइम से यहाँ पहुँच सकूँ वीडियो शॉर्ट बने यहाँ पर ऑप्शन आता है अब हमें करना है इन्वेंट्री मास्टर आइटम मास्टर के लिए इन्वेंट्री मास्टर आता है यहाँ पर कंपनी मास्टर so है जिसमें कंपनी होती है यानी ब्रांड्स सॉल्ट यानी कि जो कंपोजिशन होता है दवाइयों में जैसे तो होती है कंपोजिशन तो कंपोजिशन दवाइयाँ होती हैं आइटम मास्टर और एच एस एन सेक मैं इन चार बार बताऊँगा क्रिएट करते हैं आइटम मास्टर आइटम मास्टर भी यहाँ पे आइटम ऑलरेडी बना रखी है मैं एक नई आइटम कोई भी क्रिएट करता हूँ मुझे आइटम क्रिएट करने के तो लिए सबसे पहले यहाँ पे, यहाँ पे शो हो लिखा नया बना हुआ वो मोडिफाई और डेल से जो बना हुआ बट कंडीशन यह है कि उसके अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए ना ही कोई अंदर स्टॉक होना चाहिए ना ओपनिंग में ना ही कोई परचेस किया हुआ उसी कंडीशन में डिलीट होएगा। आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम सिंपल F2 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से हमारे कीबोर्ड में F2 होता है F2, F2 दबाते ही आपके सामने ये विंडो आ जाएगी स्टेटस पहला आता है इसपे ऑप्शन स्टेटस स्टेटस होता है कंटिन्यू करना है कोई भी आइटम को कंटिन्यू कर, कर सकते हैं क्लोज कर सकते हैं पनी हुई आइटम क्लोज भी कर सकते हैं कंटिन्यू नया कंटिन्यू पर नए रखेंगे उसको हम अगर हम कंटिन्यू रहेंगे तो आइटम आगे काम करती रहेगी चलती रहेगी क्लोज कर देंगे तो उस आइटम में ना तो बिलिंग हो पाएगी ना ही वो उसमें कोई एंट्री हो पाएगी ना ही वो मॉडिफाई हो पाएगी कंटिन्यू करते हैं हम इसको हाइड आइटम को आपको जैसे पुरानी आइटम होते हैं हाइड कर देते हैं जब शो ना हो अभी आगे चलने नहीं है आइटम शो ना हो तो उसे हम हाइड कर सकते हैं यहाँ से ये कर देंगे तो हाइड हो जाएगी रहते हैं नाम डालते हैं किसी भी पे कोई कोई भी भी दवाई है उसका नाम डाल देते हैं आइटम है उसकी दवाई हो सकती है कुछ भी हो सकता है सपोज मैंने पे डाल जो भी है हम यहाँ मैं इसलिए कर देते हैं जनरली होता है क्या है किसी जैसे एक आइटम हमारी सिरप में भी होती है टैबलेट में भी होती है और इंजेक्शन में भी होती है तो सी हमें ये बताती है कि ये टैबलेट है इंजेक्शन है या सिरप है जिसकी वजह से हमें यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं बदल जाता है यहाँ पे आएंगे तो पैकिंग डालते हैं हम इसकी पैकिंग मीन्स यानी कि आपका जो ये आइटम है इसकी पैकिंग क्या है जैसे सपोज करो एक स्ट्रिप में कितनी टैबलेट आप स्ट्रिप मेंटेन कर रहे हैं तो आप स्ट्रिप में डाल सकते हो वन इंटू टेन एक स्ट्रिप में दस टैबलेट हैं तो वन इंटू डलेगा अगर पंद्रह है तो वन इंटू फिफ्टीन है तो वन इंटू इस तो जितनी भी एक स्ट्रिप टैबलेट्स हैं हैं। हैं हैं। वो डाल सकते सकते सकते सकते मैं डालता मुझे इनटू हम हम से भी भी लगा सकते हैं। और सिंपल हम बड़ा एक्स भी टाइप सकते हैं। जो जो जो जो जो के वैसा कर कर वैसा हो। यूनिट है वो किस चीज के लिए स्ट्रिप की एस टी आर आई डेसिमल यस yes कर डेसिमल हमेशा यस ही करना चाहिए जब कभी कभी जैसे होता है, है कि yes करते हैं कि डेसिमल इसलिए हमसे बिलिंग करते हुए या फ्री में, में डील आती, आती है तो पॉइंट में आती है कभी जैसे साड़, जैसे साढ़े नौ प्लस आधा यानी कि साढ़े चार प्लस आधा तो उस टाइम पे वो पॉइंट नहीं होंगे तो साढ़े चार आप नहीं कर पाओगे उसको या साढ़े नौ नहीं कर पाओगे या आधा नहीं कर पाओगे जिस वजह से आपको डेसिमल नो होगा तो इसलिए डेसिमल को यस ही रखना है कलर टाइप कलर में मेंशन कर सकते हो मेरी आइटम किस कलर में शो हो सकती है मैंने आपको लेजर में दिखाया दिखा था रेड ब्लू ग्रीन अब एक मेंशन कर सकते हो करना चाहो तो नॉर्मल रखो रख सकते हो आइटम टाइप आइटम टाइप में क्या आप मेंशन कर सकते हो कि कॉस्टली आइटम है इसकी जो स्टोरेज है डिग्री टेम्परेचर में है या ट्वेंटी डिग्री टेम्परेचर में स्टोरेज है इसकी आप मैंशन करना चाहो नहीं करना चाहते तो नॉर्मली में ये रख सकते हो कंपनी कौन सी कंपनी का यह आइटम है मैंने यहाँ पे एंड प्रेस करा यहाँ पे अगर मैं येस करके एंटर चला जाऊंगा तो आगे रोकेगा नहीं आगे चला जाएगा मुझे यहाँ पर कंपनी डालनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको नो करूँगा नो क्लिक करते ही विंडो खुल जाएगी यहाँ पे कंपनी वाली ऊपर कंपनी लिखा आ रहा है यहाँ पर बट यहाँ पे कंपनी आपको शो नहीं होगी अगर आप देखोगे तो कंपनी के लिए बनाने के लिए सिंपल है वही आप नीचे देखिए यहाँ देख रहे हैं एफ न्यू एफ एडिट और डी डेल डेरिक्ट यानी कि आप एफ से नया कंपनी क्रिएट कर सकते हो यहीं कि यहीं और F3 से कंपनी को कुछ भी चेंजेस करना चाहिए कर मैं, एंटर, एंटर, एंटर, कौन सा स्टार्ट होना है वन नंबर डालते हैं यहाँ पे Invoicing printing from one number से Dump days. Dump days होता है कि आपको सपोज करो कोई आइटम अगर 60 days से बिकी नहीं है यूज में नहीं आई है या बिकी नहीं है तो, आई, तो वो डॉ में चली जाती है डंप आइटम मतलब होता है कि जो ज्यादा जो 60 डेज से बिकी हुई नहीं है उनको डंप आइटम बोलते हैं एक्सपायरी कब तक रिसीव करें पैसे तक की एक्सपायरी रिसीव कर ले उससे बाद यहाँ पे मार्जिन आप सेट कर सकते हो कंपनी का क्या मार्जिन है चाहते हो तो। की तो तो। बटन होता है वो बटन आप यहाँ पे स्केब पे प्रेस कर सकते हो आप मैंने नीचे मैं क्या सोल्ट है इसका अगर आपको पता है तो आप डाल सकते हो नहीं पता है तो कोई बात नहीं ब्लैंक में भी रख सकते हो मुझे नहीं पता मैंने ब्लैंक छोड़ दिया क्योंकि जस्ट ये दिखा रहा हूँ मैं आपको एच एस एन एचएसएन जो होता है कि एक आपको सरकार द्वारा दिया गया एक कोड है जिसमें आप जिसके थ्रू आपका टैक्स मैनेज होता है यानी कि किस आइटम पे कितना टैक्स लग रहा है वो इस एचएसएन में फेड होता है और वो एच फिर जिस आइटम का होता है उसमें डल जाता है जैसे मेडिसिन है तो उसमें क्या टैक्स लग रहा है उसका एच एस को डालना है जैसे एच मेडिसिन एच जो होता है वो थ्री होता है तो आठ डिजिट का हो गया मैं चार बता रहा हूँ बाकी आप अपने हिसाब से चेक करके डाल सकते हैं जो भी कोड मैं टेम्पर बता रहा हूँ आपको वही नया बनाने के लिए सिंपल है वही एफ टू दवा हो दबाएंगे यहाँ पे यहाँ पेरोना यह -E पे लगा हुआ है वो डाल सकते हैं हम एस जी एस टी सी जी एस टी आई जी एस टी इस पे अगर बारह परसेंट है एस जी एस टी छह परसेंट होगा सी जी एस टी छहटी बारह परसेंट होगा इसकी जो यूनिट है तो किस चीज में रहेगी पीस में को लग रहा है तो सैस डाल सकते हो नहीं तो कोई जरूरत नहीं है आपके आगे आ गया सकते हो स्के यहाँ एच एस एम बंदे चले जाते हैं मैं फिलहाल मेडिसिन दे रहा हूँ घंटा यहाँ पे टैक्स ट से वाल रहेगा जो टैक्स है इस पर एस जी एस टी छसेंट ऑटोमेटिक उठा लिया मैंने एच में डाल रखा था सी जी एस टीमेंट मास्टर था बारह परसेंट आई जी एस टी यहाँ पे एम आर पी डालेंगे इसकी एम आर पी क्या है मैंने डाल दी नब्बे रुपए परचेज रेट डाली है क्या परचेज रेट है मैंने डाल दिया रेट पचास रुपए स्ट ये अपने आप उठा लेता है परचेज डालते समय जब परचेज डालते हैं तो उसके अंदर जो भी आपकाउंट करके तो आप, आप, रेट रेट रेट रेट रेट आप रेट ए रेट बी अलग अलग रख सकते हो जैसे हर पार्टी के कुछ रेट होते हैं अलग -लग, अलग अलग अलग मैनेज कर सकते हो कोई पार्टी होती है जो कैश पेमेंट करती है कोई पार्टी होती है या आप इसको एज ए रिटेलर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर एज एफ यूज कर सकते हो आप ऐसे यूज कर सकते हो जैसे कोई पार्टी है आपको दस तीन रुपए कर रही है कोई कोई पार्टी पार्टी, पार्टी, पार्टी, पार्टी कर कर रही है है है आपको तो तो तीनों का आप जो बिलिंग साइकिल अलग-अलग है, अलग-अलग है, तो उनका रेट रेट भी अलग -अलग रेट भी ही होंगे इस वजह से इसको ज़्यादा सेट फाइव डाल दिया सेट डिफ़ॉल्ट रेट यानी कि जो हर एक्वेल लगे जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको मैंने डाल दी ये रेट ये आपको 74 यानी एक ₹1 कम ले भी दूंगा मैं और जो सी एंड एफ है उनको डालूंगा ₹73 इनके इनमें इनको भी डिस्ट्रीब्यूटर्स दे कम होगा जिससे कि ये उसको दे सके और ये आगे बेच सके कन्वर्जन बॉक्स अगर आप मल्टी यूज़ करते तो कन्वर्जन बॉक्स यूज़ होगा नहीं तो कोई बात नहीं ये है मिनिमम क्वांटिटी मैक्सिमम क्वांटिटी मिनिमम क्वांटिटी का मतलब होता है कि आपके ने अगर आपको क्वांटिटी मैनेज कर दी सपोज करो आपने डाल दिए दस दस पत्ते अगर आपके पास स्टॉक में हो तो आपको मिनिमम अलर्ट शो कर दे कि मेरे दस पत्ते आपके रह गए हैं आपने ऑर्डर पे अपना ऑर्डर लगा लो आप ये होता है दस और डाल दिया मिनिमम कोर्ट डाल दिया मैंने पचास कि जब मैं ऑर्डर बनाऊँ तो मेरा ऑर्डर इस तरह बने कि पचास से ऊपर नैसे आपको परचेज कर चढ़ा ऑर्डर बनाते हुए पचास से ऊपर जाएगा तो आपको अलर्ट शो कर देगा कि आपका जो ऊपर जा रहा है आप इसके इसके हिसाब से अपना परचेज ऑर्डर ही बना सकते हो जो अपने आप तैयार हो जाता है एकटम डिस्काउंट डाल सकते हैं यहाँ पे आइटम डिस्काउंट को भी आइटम डिस्काउंट डालते हैं यहाँ आ जाएगा स्पेशल डिस्काउंट स्पेशल डिस्काउंट होता है कि अगर कोई दस लेगा सपोज कोई स्पेशल डिस्काउंट डाल दिया पाँच अगर कोई दस परसेंट अगर कोई सौ पीट तो मैं स्पेशल डिस्काउंट का दूंगा उसको ये उस के लिए आता है मैक्सिमम डिस्काउंट हम सेट कर सकते हैं ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देना है पच्चीस डिस्काउंट यहाँ कर सकते है आपको स्कीम वैलिड फ्रॉम फुल स्कीम के लिए वैलिड है हाफ सी भी वैलिड है थर्ड हाँ के लिए वैलिड है क्वार्टर के लिए वैलिड है ये और स्कीम से वैलिड है जो चाहे स्कीम सेट कर सकते हो उसकी मिनिमम मार्जिन क्या रखना है वो लग सकते हो वहाँ पे डिस्काउंट लेस क्या हम देना है यहाँ दे सकते हो आप एंटर करके डिस्काउंट अपलीकेबल है या नहीं नो डिस्काउंट अगर नो डिस्काउंट कर दे डिस्काउंट नहीं देगा इसको बिल्कुल भी अपलीकेबल अगर कोई तो इसमें डिस्काउंट दे देगा जब ये तो आइटम आप दोगे तो डिस्काउंट इस दे, दे देगा नो डिस्काउंट पे इस डिस्काउंट नहीं देगा जब भी आइट हम देंगे।, देंगे ग्रीन कलर पट्टी आएगी यस करेंगे आपको सेव करेगा इस तरीके से हम देखेंगे सेव हो चुकी है अब आपको बताता है आइटम को जैसे करना है तो यहीं पर मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में आइटम मॉडिफाई होगा मुझे कुछ भी चेंज करना है यहाँ पे मैं ऐप थ्री करूंगा तो ये विंडो दोबारा से खुल के आ जाती है आप यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हो तो चेंज कर सकते हो यहाँ से यहाँ से आप आइटम मॉडिफाई कर सकते हो और डिलीट करने के लिए आप यहीं पे सीधा सीधा डिलीट का बटन दबा सकते हो तो आइटम को डिलीट हो जाएगी यहीं कि यहीं डिलीट बटन दबाएंगे की से डिलीट का बटन दबाया मैंने तो डिलीट का ऑप्शन आ गया डिलीट करके यहाँ से डिलीट कर सकते हो बट मैं नहीं कर रहा हूँ बना चुका हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी आई आइए हो, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो आप चैनल सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें कमेंट करके बताएं और किस टॉपिक पर वीडियो ना बनाऊँ आगे मैं आपको वीडियो बना देता रहूँगा तो टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू सो मच